कुछ न्यूटन सर। बेटे। सर पृथ्वी पर अगर कभी कोई म्यूठी आता है तो उससे हम कैसे बचेंगे मनुष्य? नासा क्या क्या-क्या ऐसा बचाएगा हमें? हमें? तैयारी करनी चाहिए हमें? लिखो। एक मिनट सर कुछ एक एक दो किलो कपूर दो किलो कपूर दो साबुत नारियल दो क्या बोलने आगे और ढाई सौ ग्राम तुलसी कौन पकड़ के लेके चंदन बताशा काला धागा भांग घोसड़ा और बेटे इन सबको इकट्ठा करवा के एक हंडिया में बीज चौराहे पर टोटका करवा के रखवा दोस्त दिन और बाकी बेटे ऊपर वाला मालिक है ही तो बेटे मेरी रिसर्च तो बस यही कहती है कि हमारी पृथ्वी को सिर्फ एक टोटका बता सकता है